कर रहे हैं वह हैकिंग है हाँ बिल्कुल सही सुना है कि यह व्यक्ति आपके कंप्यूटर को आपसे एक एंजल ब्रोकिंग का फॉर्म खोलने के बहाने एक कोड ले सकता आ रहे हैं जिसे नाम दिया जाता है फ्री पैन कार्ड बनाने का जिसकी लाल यूपी नंबर बन वॉयस में हूं आपके साथ विजयराम आजाद आज हम बात करने वाले हैं मेहरो में कई महीनों से चल रहे ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट के एवज में एंजल ब्रोकिंग के खाते खोलने की ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के एवज में मेहरो में चल रहा है फ्री पैन कार्ड के नाम आरोप एंजल ब्रोकिंग के डीमेट अकाउंट खोलने का धंधा आपको हम बता दें ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सरकारी वेबसाइट है जिससे करदाता अपना कर भरते हैं और कोई भी अपना स्वयं पैन कार्ड बना सकता है जो कि बिल्कुल मुफ्त है जो पैन कार्ड बनता है उस पर सिग्नेचर नहीं आते हैं क्योंकि इसमें डाटा अपलोड नहीं होता है इसमें जो डाटा फिल होता है वह आधार कार्ड का डाटा होता है जो जानकारी आधार कार्ड में होती है उन्हें मेरे से जरूरी जानकारी पैन कार्ड ले लेता है और 5 से 10 मिनट के अंदर पैन कार्ड अपलोड हो जाता है जिसकी पी बनकर आती है और उसके पासवर्ड की बात करें तो जो कंडीडेट की डेट ऑफ बर्थ होती है वही इस का पासवर्ड होता है इसे पाँच से दस मिनट के बाद डाउनलोड किया जा सकता है यह तो बात हुई पैन कार्ड की अब बात करते हैं कि यह सब आके चल क्यों रहा है यह एक एंजल ब्रोकिंग कंपनी है एंजल ब्रोकिंग कंपनी की ब्रांच मैरोनी में ललितपुर रोड आरोप भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर एक ऑफिस बना है है जिसका नाम है एंजल एंजल ब्रोकिंग ब्रोकिंग जो रामकुमार करते हैं की की बात की जाए तो इसके खाता खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक एवं पाँच से दस सेकेंड का वीडियो अगर खाता खोलते समय कैंडिडेट कंडिडेट मौजूद है तो उसका 10 सेकंड का वीडियो लिया जाता है और अगर कंडिडेट मौजूद नहीं है तो उसका 5 सेकंड का वीडियो व्हाट्सएप पर मंगाया जाता है जिसे फिर एंजल के केवाईसी ग्रुप में डॉक्यूमेंट के साथ भेज दिया जाता है अगर किसी का पैन कार्ड नहीं होता है तो तुरंत इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ई फिलिंग रिटर्न ऐसी दस मिनट में पैन कार्ड बना तैयार किया जाता है या ऐसा ये इतनी सावधानी से किया जाता है कि किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगती जो काम करते हैं सभी पहले से ट्रेनिंग सुधा होते हैं सभी को प्रत्येक बात पहले से समझाई जाती है एंजिल ब्रोकिंग में जो कार्य करता है उसे प्रत्येक अकाउंट में पाँच सौ रूपए मिलता है यह रुपया तब मिलता है अगर आपको ब्रांच द्वारा कोई दी जाती है लेकिन यह लोग जो ब्रांच चलाते हैं यह लोग अपनी ही ब्रांच लिंक देते हैं और उसी ब्रांच लिंक पर कार्य करवाते हैं और जो इसमें कार्य करते हैं वह सभी अन इन बातों से अन होते हैं इस प्लॉट के खेल से उन्हें ब्रांच लिंक पर ही कार्य करवाते हैं जिससे पूरा रुपया ब्रांच के अकाउंट में आता है फिर राम कुमार तय करते हैं कि किसको कितना रुपया दिया जाना है यह सब पहले से फिक्स हो जाता है अगर बात की जाए तो यह सब करना गैरकानूनी है लेकिन जब कानून के नुमाइंदे ही जब साथ हों तो फिर डर किस बात का डर किसी बात का नहीं होता है अगर मामला लीक हो जाता है तो कानून के नुमाइंदे सब संभाल लेते हैं और जो आवाज़ उठाता है गलत के खिलाफ उसी को जेल भेजने या जिंदगी खराब करने की धमकी दी जाती है जिससे सजदबकर रह जाता है लेकिन किसी ने सही कहा है झूठ की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती हैं एक न एक दिन झूठ जनता के सामने आ ही जाता है क्योंकि सौ दिन चोर के तो एक दिन सिपाही का हो ही जाता है और जब चोर सिपाही के हाथ लगता है तो सालों का लूटा मिनटों में निकल आता है इसमें से जिन लोगों को एंजल ब्रोकिंग के खाता खोलने के लिए लगाया जाता है उनमें से 90 परसेंट गरीब घर गर के लड़के होते हैं जिनमें से ज्यादातर लड़के अहरवर जाति के है और सभी अठारह साल ऐसी तीस ऐसी पैंतीस वर्ष की आयु के होते हैं और किसी के भी पास कोई आईडी कार्ड अथॉरिटी लेटर नहीं होता है यह इसलिए ताकि कोई कार्रवाई भी करना चाहे तो नहीं कर पाए क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं रहता है लोगों को बताने के लिए एक ऑफिस भी है जो कि भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र है वहीं से एंजल ब्रोकिंग संचालित होता है यह ग्राहक सेवा केंद्र राम कुमार और शिव कुमार चलाते हैं जिनमें कुछ एम्प्लॉय भी हैं ताकि एम्प्लॉय में ज्यादातर अहार समाज के व्यक्ति लगाए जाते हैं ताकि यह भी अपने संबंधियों के रीमेड अकाउंट खोल सके एंजल ब्रोकिंग एक विश्वसनीय शेयर मार्केटिंग कंपनी है लेकिन कुछ लोग इस कंपनी के नाम पर खूब रुपया लूट रहे हैं मामला थाना महरौनी का है जहां पर भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र से एंड ब्रोकिंग के डिबिट अकाउंट खोले जा रहे हैं जिसे नाम दिया जाता है फ्री पैन कार्ड बनाने का जिसकी लालच में आकर ग्रामवासी के ग्राम वास जाते हैं अब एक व्यापक रूप ले चुका है भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र मदतपुर और भी अन्य जगहों से चलाया जा रहा है पैसे जो लड़के कार्यकर्ते उन्हें देने की बात की जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे क्यूँकी किसी को दस रुपया तो किसी को बीस रुपया तो किसी को पचास रुपया तो किसी को सौ रुपया तो किसी को दो सौ अधिकतम रुपये देने की संख्या जो होती है वह तीन सौ रुपए तक ही होती है 300 के ऊपर किसी को कोई रुपया नहीं दिया जाता है यह आखिरी सीमा होती है एंजल ब्रोकिंग से पाँच सौ मिलता है और खाता खोलने का कमीशन अलग ब्रांच के लिए दिया जाता है जिस गांव में जाते हैं वहां किसी शिक्षित व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति को अपने जाल में फांसते हैं और फिर चलता है इनका अंधा धुंध धुंध एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं हम बिल्कुल आपने सही सुना अब हम एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कभी अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे कि सच में ऐसा भी हो सकता है हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह हैकिंग है हाँ बिल्कुल सही सुना हैकिंग यह व्यक्ति आपके कंप्यूटर को आपसे एक एंजल ब्रोकिंग अकाउंट खोलने के बहाने एक कोड ले सकता है अनुमानन ज्यादातर व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानते हैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है एनी डेस्क इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर का सारा डाटा अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं अगर यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होता है तो यह डाउनलोड करवाया जाता है जिसे एनजल ब्रोकिंग के अकाउंट के नाम पर डाउनलोड कर लेते हैं और आपको आने वाले खतरे की भनक तक नहीं होती और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपका कंप्यूटर अपने आप चलेगा क्योंकि अब आपके कंप्यूटर का एक नियंत्रण आपके हाथ में होता है और दूसरा हैकर के हाथ में होता है हैकर जो चाहे देख सकता है हैकर जो चाहे इस्तेमाल कर सकता है आपके डाटा का मिसयूज भी हो सकता है लेकिन आपके पास भी बचने का एक तरीका होता है आप पर जाकर कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर सकते हैं लेकिन ग्रामीण व्यक्ति इतना कहां जानते हैं कि इससे क्या होगा एक बार मेरा कंप्यूटर भी राम कुमार ने हैक कर लिया था बिल्कुल सही सुहा राम कुमार ने है यह सिस्टम सही हो गया जिसके बाद मैंने कहा भाई यह क्या मेरा सिस्टम तो आपने अपने आप अप चलने लगा था तो फिर मुझे बताया की मैं तुम्हारा नेट सही नहीं चलने की वजह से तुम्हारे डॉक्यूमेंट ले रहा था जो कि डिमेंट अकाउंट है यह सब गैरकानूनी है यह मामला सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर तलवार की तरह लटक रहा है जो लोग इसमें कार्य करते हैं सभी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार व्यक्ति हैं। लेकिन इस सभी इस बात से भी बेखबर है कि अगर कल यह मामला उजागर होगा तो सभी फसेंगे और सालों साल केस चलेगा मलाई कोई और खाएगा और भुगतान किसी और को करना पड़ेगा सजा किसी और को भुगतनी होगी यहाँ के थाना प्रभारी की बात करें तो बड़े से बड़े केस सुलझाने में माहिर हैं अब देखना यह है कि क्या पुलिस समय रहते भविष्य को बचाने का कार्य करती है मैरोन के जो छह अधिकारी हैं उन साहब के नाम से जाने जाते हैं अब देखना यह है कि कब तक इस पर पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी एक्शन लेते हैं मैरोनी में उप जिलाधिकारी भी बैठते है अब तो मेहरून में कलेक्ट्रेट भी बन चुकी है मामला पूरा बहुत ही संगीन है क्योंकि मामला ई रिटर्न्स इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है अब देखना यह है, है कि यह सब कब तक चलेगा क्या इसी प्रकार से यह लोग, लोगों को धोखा देकर कैसे ऐटते रहेंगे देखना है कि पुलिस प्रशासन कब तक इन पर कार्रवाई करती है पुलिस और प्रशासन जल्दी इन पर कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं मामला पूरा पुलिस तक पहुंच चुका है यह पाँच रुपया जो मिलता है ये आता कहां से सबसे बड़ी बात यही है कि यह आखिर जो पाँच सौ रुपया मिल रहा है यह रुपया किसके खाते से काटा जाएगा कहां से होगा इसका भुगतान आइए आपको हम बताते हैं जो डिबिट अकाउंट खोलता है उस डिबिट अकाउंट का जो पाँच सौ रुपया होता है वह है जिसका खाता खोलता है उसी के उसके डिबिट अकाउंट से काट लिए जाते हैं जैसे आप फर्स्ट ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में वैसे फर्स्ट शेयर खरीदते हैं आप आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है लेकिन साहब ग्रामीण व्यक्ति को तो शेयर मार्केटिंग जानता नहीं है एंड्रॉड मोबाइल ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के जिंदगी के खाते खुले हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एंड्रॉड मोबाइल चलाता ही नहीं है कंप्यूटर लैपटॉप चलाता ही नहीं है तो आखिर कैसे वह है कि इसमें शेयर मार्केटिंग करेगा और अगर शेयर मार्केटिंग इसमें नहीं करेगा तो फिर इसके अकाउंट का क्या मतलब क्या मतलब होगा इसका इसमें तो वा... तो लेकिन जो जो ये पैन कार्ड बन रहे है तो ई फिलिंग के माध्यम से जो ई फिलिंग की रिटर्न्स है उसके माध्यम से बन रहे हैं हाँ ई फिलिंग के माध्यम से तो ये तो एंजल ब्रोकिंग का नहीं है नहीं तो और जो लोग जो काम कर रहे हैं तो वो क्या करके फ्री पैन कार्ड की सुनने में आया कि फ्री पैन कार्ड की बात करके और अकाउंट खोल रहे हैं इसमें क्या है यही कहते हैं कि हम पेन कार्ड फ्री में बना देंगे आपका और वही लोग बनवा लेते हैं उसके लिए बैंक पासबुक और अकाउंट नंबर डी डी ओ का मांगते हैं अच्छा तो बैंक पासबुक आधार कार्ड और पैन कार्ड हाँ आधार कार्ड।, हाँ, कार्ड भी लगता है हाँ अच्छा तो अभी भी काम चल रहा है क्या हाँ अभी भी काम चल रहा है तो कितने रुपए दे रहे हैं लड़कों को कुछ लोगों को 20 रुपए दे रहे हैं कुछ को 50 दे रहे हैं कुछ को डेढ़ दे, दे रहे हैं कुछ कुछ 200 दे रहे हैं अच्छा और ये पैन कार्ड के उसमें पूरा काम चल रहा है एंजल हाँ, ब्रोकिंग का जो वही चल रहा है अच्छा तो एंजल ब्रोकिंग का जो काम चल रहा है वो पैन कार्ड के उसमें लोग कर रहे हैं हाँ. क्या कहते हैं वो जाते हैं जब लोगों के बीच आपका पैन कार्ड फ्री में बना देंगे अच्छा वो फ्री में पैन कार्ड बनाने के उससे अच्छा हाँ. हाँ, ला लेते हैं ग्रामीण लोग बनवा लेते हैं